मिशन 2023 को लेकर कमलनाथ हर इलाके का दौरा कर रहे हैं और जीत का मंत्र कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं को दे रहे हैं वहीं 20 जनवरी को कमलनाथ टीकमगढ़ में कांग्रेसियों को जीत का मंत्र देंगे 20 जनवरी को पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ की टीकमगढ़ में प्रस्तावित कार्यक्रम को लेकर कांग्रेस ने रणनीति बनाना शुरू कर दिया है कमलनाथ अब टीकमगढ़ में कांग्रेसियों को जीत का मंत्र देंगे पूर्व मंत्री यादवेंद्र सिंह बुंदेला व टीकमगढ़ जिला प्रभारी चंद्रिका प्रसाद द्विवेदी ने बताया की बीस तारीख को कमलनाथ की टीकमगढ़ यात्रा ऐतिहासिक रहेगी और इस नारे के साथ साल बदला है सरकार बदलेंगे हमसे कांग्रेस को और अधिक मजबूती मिलेगी इस बार निवाड़ी और टीकमगढ़ की पांचों सीटों पर कांग्रेस का परचम लहराएगा उन्होंने कहा कांग्रेस पार्टी भारतीय जनता पार्टी के महंगाई बेरोजगारी गुंडागर्दी और कांग्रेसियों पर किए फर्जी मुकदमे के मुद्दों को लेकर जनता के बीच जाएगी और आने वाले चुनाव में एक बड़ी जीत हासिल करेगी हमारे के कमलनाथ जी से से। के द्वारा कमलनाथ सेक्टर, सेक्टर से और जिला इस बार जब सब सबसे अधिक जो हमने भजन दिया है वो मंडल सेक्टर और से है कि हमारी कांग्रेस अगर कहीं जमीन पर कमजोर न रहे ऐसा है कि भारत के इतिहास में आज तक किसी ने महात्मा गांधी के के तो को जिसको लोग समझाने की कोशिश करते है राहुल गांधी किसी चीज को अपने आप तक नहीं पहुंचाते है उनने यात्रा करके जिन राहुल गांधी को सुबह सेना के साथ तक भारतीय जनता पार्टी वाले को सब कि तरफ है, जो है बहुत ही मतलब नजर से देख रही उम्मीद के राहुल देश, देश गांधी वो खबरें जो आपके काम की है वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है हर आम और खास से जुड़े मसले था था। हर मसले का सटीक विश्लेषण हम करते हैं सत्य का अन्वेषण दखल न्यूज आपके देख रहे हैं दखल न्यूज